शल्यादस के नंदन राम ललाट पे शोभित चंदन रघुपति की जय बोले लक्ष्मण राम सिया का होे चरण रामसिया जब ते तन मन रे मंगल भवन गो मंगलहारी त्रव हो सुदर्शन अति अजर बिहारी रामसिया Oh